तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शल्भी चौहान के बारे में अगर आप शल्भी चौहान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें शल्भी चौहान एक डांसर हैं और वो काफ़ी अच्छी डांसर हैं वो लिपसिंक वीडियोस बनाती हैं। वो सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हैं पहले वो टिकटॉक पे वीडियोज़ डालती थी टिकट बंद होने के बाद वो एम टकाटक पर वीडियोज़ बनाती हैं एम एक्स टिकाटक उनकी 6.7 पॉइंट मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं शल्वी एक डॉग लवर्स हैं शल्बी का फुल नेम है शल्वी चौहान और उनका निक है शल्बी हाइट है 5.6 इंच और वेट है 55 किलो प्रोफेशन तो शल्बी शॉर्ट वीडियोस क्रिएटर यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल हैं डेट ऑफ बर्थ शल्फी का जन्म सेवेंथ जून नाइनटीन को हुआ एज तो 2021 के हिसाब से शेल्बी का एज है 24 फोर ईयर्स उनका बर्थ प्लेस है न्यू दिल्ली इंडिया में और उनका कान सिटी भी है न्यू दिल्ली। शेल्वी का रिलीजन हिंदू है और नशोनिटी से वो एक इंडियन है शेल्बी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की कॉलेज कॉलेज लाइफ न्यू दिल्ली कॉलेज में अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की उनका होम टाउन न्यू डेली इंडिया में है सेल्फी का एजुकेशन तो वो एक ग्रेजुएट है फैमिली शेल्फी का मदर फादर सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं लेकिन उनका नाम अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है मेरिटल स्टेटस तो शेल्फी अभी तक अनमैरिड है बॉयफ्रेंड सेल्फी का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है हॉबीज तो सेल्फी को डांसिंग एक्टिंग और ट्रेवलिंग करना पसंद है तो गाइज यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद